ओम मशरसी स्वाहा ओम अमृदा विधानसी स्वाहा ओम शम्य व्यास श्रीनि स्वाहा ओम वामिए होसेस्तु ओम नमो रिप्रवतु ओम नमो रिप्रवतु ओम प्राज्यो रिस्वतु नस्तु ओम पाहुने कला नस्तु ओम गुरुमे कुजोस्तु ओम नशानी देवा नितम सर्वदेसस्तु ओम भोरा सुहा ओम दुर्घवज जोरिवे भोना दे दशा प्रेव जय प्रदेश मनात्र मना जाया चले बुद्ध दशा प्रतिदा जय स्थाप के संस्कृता जय विश्व देवा यजमा से ना सै सा धनमा ओम ओम आसमिन ओमिताशत से आव्याताये घृतम देव ज्योतना तेज स्वा तं दयासेशे धे दस्य दस दयास्म प्रजाया पशु में ब्रह्म वचसे नाना दे समय ओम अये दशव चे दया आसमान प्रया पशु में ब्रह्म वचसे नाना देव समय सा ओम नम ओयक जात वे दिन प्रया पशु ब्रमसे ना दे समे स्वाग ओ प्रजया अय आत्मा चेतवयाजया पशु भी ब्रह्म वचसे आत्मा स्वाहा ओम ओ अयसे चम प्रसुवय भगाय विपुकेत ओय स्वाम सोमये स्वाजन ओम स्वाहा प्रजापति स्वायु ओम इंद्राय स्वायन ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य ॐ जोदो जोदि वज्रस्वाहा ओम जोदि सूर्य सूर्यो जोदि स्वाहा ओम सर्वदेवेन सभिता सदुनासिन प्रकाश ज्वाला सूर्यो विदुषा ओम भुर्ने प्राणेश्वर भुर्ने प्राणेन ओम गुरवायगे अपनाए स्वात मजे है नमः ओम सहदित्यए नय स्वात मजे है नमः ओम गुरगुवाह स्वर कीवाय वान जति क्या प्राण पान गति के स्वात नमः कृपा देते थे प्राण पान गति में जय जन नमः ओ आसो मृत ब्रह्म गुरा सरो स्वाहा ओम ये निते मेना विनम गुरु स्वाहा ओम विषाणी देव सबित परा स्वामी स्वामी देव नमः पयुना ओम अन्न ज्योति ज्योतिर स्वा ओम भगे वटू जो जीवते स्वाहा ओम स्वाहा ओम सर्व देविन सर्वतास जुराते न वंदा तुसानो हरे वे स्वाद वायु प्राण पान व्या ओम आरसो अमृत ब्रह्म गौरवरोम या मेरा देवितया ओम स्वामी देव सविता नि परसुदु स्वा ओम गे नये सुख तस्वा स्वामी देव पर्ण स्वाम ओम स्वाए रंग नम ओम स्वाहा स्वाजापते नम ओम निरा करो तुम्हें सौदम आते स्वाजापति नैता नो विश्वाजा जामा से नो वो अनी वे विवाद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 ओम ओमे वर्ण श्री सुराज स्वाहाजमा स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 आया नो तथा ओमत ओम तहाँ भगत नोतृत पिंदा शिव भगत स्वामी नम ओम विश्व स्वत सर्वितुवरे जनमलो देवस्य धीमहि यो यो न पटु दया स्वाहा ओम विश्वानि देव सर्वे तदुरी तारि परासुव नरव ब्रह्म तन्न आसुव स्वाहा ओम परोपे हि मनस्तप्यवस्थानि सर्वस्य ओम ृतम अगन नमो देवाय श्रीम शर्द श्रृ श्रृण सरदा शीरा शू श्रीवाण कथा सुमती रातिरुन वजता ओम ृति नैन्त स्रव स्विनाश ओ भद्रम इस कणेवी शन या भद्रमे सत्यु स्वा ओ सनो देवी रविश आ ओम अमंत शो रविशं तो ज्योति मना शिव स्वाहा शो त्रम नज मे वरुणे ओम ओ आयुस्मे देता प्रजा पुरात्रेस्म सायो सविता सुस्म शतवा ते शरद स्वाय ओम वायुकिनमृत मे मधेद मध्तरी ओम स्मर स्म स्वाहायुषमे कशयुष्त्रयुस तनोस्तु प्रायुष मनो आत्मा ब्रह्मा कलपताम कलता अमृता प्रजापति प्रजादेन्द्र देश चित्र चक्षतर तमूना स्वाद स्मृति स्वा भूर्भुव स्वा तसवि गुर्वरे नम्बरो प्रचोदया ओ भूर्भुव स्वा तसवि गुर्वरे नम्बरोधीमयी त्र बदान स्वाम समय बदनामारो बुर स्वा ओम समय ऊणम स्वा ओ सरोव स्वाहा ओ सरोवै पूर्णम स्वा